नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक टाकीज में आपका स्वागत है आज मेरे पास ये बुश कंपनी का टीवी आया हुआ है जिसमें नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है नो लाइट का प्रॉब्लम है आवाज़ इसकी आ रही है लेकिन लाइट नहीं आ रही डिस्प्ले में ये देखिए स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक है पावर लाइट ऑन है ये देखिए यहाँ पर पावर लाइट जल रही है आवाज़ भी हल्की हल्की सी आ रही है लेकिन डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं आ रही है चलिए देखें इसमें क्या प्रॉब्लम है चलिए टीवी के बैक स्क्रीन पे आते हैं ये टीवी खोल रखा है चलिए देखते हैं इसके बोर्ड में कैसे क्या प्रॉब्लम हो गई है इसके वोल्टेज चेक करते हैं के कनेक्टर्स पहले निकाल देते हैं ताकि बोर्ड को उल्टा करने में दिक्कत ना हो है, है। चलिए वोल्टेज चेक करके देखते हैं क्या समस्या है डिस्प्ले में लाइट क्यों नहीं आ रही वोल्टेज चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर के ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड करना होगा चलिए मैं यहां पे ग्राउंड कर दे रहा हूँ अब ये रेड प्रॉप से हम वोल्टेज चेक करेंगे सबसे पहले हमें वोल्टेज चेक करना होता है 110 सौ बोल्ट ये देखिए यहाँ पे 116 सौ बोल्ट लिखा हुआ है चलिए देखिए कितना बोल्ट आ रहा है मल्टीमीटर को 200 वोल्ट की रेंज में सेट कर लेते हैं ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 102 सौ बोल्ट आ रहा है जो कि सही है इसके नीचे देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 24 बोल्ट 24 बोल्ट के इस कैपेसिटर पे हमें 24 बोल्ट मिलना चाहिए तेईस पॉइंट यानी कि यहाँ पे ओके है और इसके नीचे देखते हैं ये यहाँ पे 12 बोल्ट लिखा हुआ है चलिए इसके कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे चेक करते हैं कितना हैं। बोल्ट आ रहा है 10 दस ये भी वोल्टेज ओके है चलिए और नीचे देख लेते हैं ये देखिए यहाँ पे 16 बोल्ट लिखा हुआ है 14.4 14.4 यहां पे 14 बोल्ट आ रहे हैं दोस्तों ये भी बिल्कुल ओके है चलिए यहां पे 180 सौ बोल्ट हमें चेक करना होता है 180 सौ बोल्ट ये यहां पे आते हैं दोस्तों ये देखो यहां पे लिखा हुआ है 180 सौ अस्सी बोल्ट यहाँ पे 165 सौ बोल्ट है यानी ठीक है चल जाएगा दोस्तों ईएसटी से यहाँ पे एक नंबर पिन पे 180 सौ बोल्ट आउट होता है ये यह देखिए ये यहाँ पर एक सौ अस्सी बोल्ट यहाँ पर आ रहा है यानी ईएसटी बन रही है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद हम चेक करेंगे ये हीटर वाले पॉइंट पे यहाँ पे पाँच बोल्ट आना चाहिए थे यहां पे एसी सी पांच बोल्ट आता है देखते हैं ये पांच बोल्ट आ रहा है ओके बिल्कुल दोस्तों सारे बोल्टेज ओके हैं चलिए हम बेस बोर्ड पे देख लेते हैं कि बेस बोल्ट पे बोल्टेज हमारे तो ये जो एच टी का प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ पे पाँच बोल्ट नहीं आ रहा इसी की वजह से हमारी पिक्चर ट्यूब पे कोई लाइट नहीं आ रही कोई स्क्रीन नहीं दिख रही तो चलिए देखिए हम कहाँ से ये बोल्टेज आ रहा है ये हमने आपको बताया था यहाँ पर ई एच टी जो ई एच टी की तीसरे नंबर की पिन है यहाँ पे यहाँ पे देखें अगर तो ये यह देखिए यहाँ पे 4.4 यानी चार बोल्ट पाँच बोल्ट के आसपास पास यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है ईएसटी पे हमारे वोल्टेज बन रहा है लेकिन हमारे बेस बोल्ट पे नहीं जा रहा है इसके लिए आपको देखना होगा कि ये यह यहाँ से देखिए ये यह यहाँ से एक प्रिंट बन के जा रही है यह आगे यहाँ से घूम के ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रही है इस पॉइंट पे देखें ये यह देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं उसके बाद यहाँ पे पीछे की तरफ एक रेजिस्टेंस लगा होता है यहाँ से यहाँ तक इसके दूसरे पॉइंट से लेके ये यहाँ पे आते हैं जो कि एक तार के थ्रू ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं वह रजिस्टेंस कहाँ पर लगा हुआ है ये देखिए यहाँ पे इस रजिस्टेंस पे आता है वोल्टेज और इसके इस तरफ से आउट होके इस तार के हमारे बीच वाली जो सेंटर वाली तार है ईएसटी की इस तार से होके सीधा हमारे बेस बोर्ड पे यहाँ पे आता है ये देखिए ये देखिए यहाँ पे ये तारे तार का कनेक्टर लगा हुआ है इसके सेंटर वाले पॉइंट पे यानी ये यहाँ पे यहाँ पे ये बोल्ट जाता है यहाँ पे ए एच टी लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि ये जो रजिस्टर हो है वो ख़राब हो चुका है चलो इसको हम रिप्लेस करके देखते हैं फिर देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सही होता है कि नहीं चलिए मैं इसको फटाफट रिप्लेस करके फिर आपको दिखाता हूँ मैंने इसको दोस्तों दूसरा लगा दिया है अभी हम फिर से एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारे वोल्टेज कंप्लीट हुए कि नहीं देखिए दोस्तों यहां पे हमारे पूरे वोल्टेज आ चुके हैं अब देख लेते हैं आगे हमारी स्क्रीन पर लाइट आ गई कि नहीं ये देखो लाइट बहुत बढ़िया से आ गई है दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दमाना ना भूलें ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार